मैंने दुआ मांगी थी कि हमारे घर की सारी मुसीबतें खत्म हो जाए अब डर लग रहा है कहीं महीना टपक जाऊ